हम नाम ले ना जाने क्यों मीरोग है फ़ासले ले तुम ऐसी न जाने क्यों अनजाने है हैं सिलसिले तुमसे न जाने क्यों